भगवान श्रीराम की स्मृतियों को बचाने के लिए मयहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने पदयात्रा शुरू की है यह पदयात्रा यात्रा तीन दिनों तक चलेगी इस मौके पर उन्होंने सभी धर्म प्रेमियों से यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी अक्सर धर्म और समाज के प्रति जागरूक दिखाई देते हैं कई बार अपने क्षेत्र के लिए सामाजिक मुद्दे उठा चुके नारायण त्रिपाठी ने अब पद शुरू की है यह पद अब धर्म को लेकर है प्रभु श्री राम की कर्म भगवान कामता की धरा को उत्खनन कार्यो से बचाने और उनकी स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी तीन दिवसीय पदयात्रा पर निकले हैं इस दौरान उन्होंने धर्मालंबियों साधु संतों से आग्रह किया है कि वे भी इस मुहिम को अपना आशीर्वाद दें और मुहिम में शामिल होकर इसे सफल बनाएं, श्री राम की कर्मभूमि को बचाएं। चित्रकूट धाम हमारे राम की तपूर्ण है चित्रकूट धाम में राम कड़कड़ में बसे हुई है सरभंगा आश्रम सुतीक्षण आश्रम सिद्धा पहाड़ जिस सिद्धा पहाड़ में के बारे में कहा जाता है कि हमारे साधु संत संतमुनियों की हड्डियों का अस्थि का ढेर है उसमें राम ने संकल्प लिया था कि निश्चयहीन करो मई इस संबंध में कांतार धाम के द्वार नंबर एक से सत्ताईस तारीख को सुबह आठ बजे पदयात्रा यात्रा चालू करेंगे और तीस तारीख को जो हमारा सिद्धा पहाड़ है वहाँ पर एक धर्म सभा का आयोजन करेंगे आप सब धर्मानुयायी राम को मानने वाले चित्रकूट धाम को मानने वाले सरभंगा सुण आश्रम को मानने वाले सिद्धा पहाड़ को मानने वाले उन सब से मैं अपील और प्रार्थना करता हूँ कि सत्ताईस तारीख को आठ बजे कामता नाथ धाम आप सब लोग पहुँचें और इस धर्म यात्रा में शामिल हो